हाउ मच रिक्वायड टेलेंट फॉर सक्सेस मेरा प्रश्न आपसे अगर जिंदगी में आज के बाद जो बात मैं आपको भी बता रहा हूं यह imagination अगर गहरे में सबकॉन्शियस mind में बैठ गई तो आप बापू हो बापू दुनिया को जीत लोगे इसलिए ध्यान से सुनना एक एक चीज important है जिंदगी में कामयाबी के लिए talent कितना जरूरी है Answer दो अरे उत्तर दे ना कुछ तो ट्वेंटी परसेंट फोर्टी परसेंट हंड्रेड परसेंट जिंदगी में कामयाबी के लिए टेंट कितना जरूरी है सो परसेंट गुड हजार परसेंट वेरी गुड टेन परसेंट आ लाइन पे कि यही नहीं बोला ये बोल के देखो, देखो देखे एक बार जीरो ये फिट बैठना चाहिए क्योंकि सर राजी नहीं हो रहे दस बीस तीस चालीस पचास हजार जीरो बोलो सर को खुश हो जाएंगे अरे अगर दस परसेंट भी जरूरत होती तो दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं अरे जो अंधे थे और गूंगे थे बोल तक नहीं सकते थे लेकिन बापू बन गए दुनिया में वो कैसे बन गए अरे जिन्होंने जिंदगी में अक्षर ज्ञान नहीं लिया अंगूठा छाप थे वो बापू कैसे बन गए अरे जिनको कुछ भी नहीं आता था सिर्फ पहाड़ चढ़ना जानते थे वो दुनिया में बापू कैसे बन गए जिनको कुछ नहीं आता था सिर्फ तबला बजाते थे वो बापू कैसे बन गए जिनको कुछ नहीं आता था सिर्फ गाना गाना आता था वो बापू कैसे बन गए जिनको तैरने के अलावा दुनिया में कुछ नहीं आता था वो बापू कैसे बन गए इसका मतलब जिंदगी में कामयाबी के लिए कुछ और चाहिए कुछ और चाहिए ऐसी दस बातें बता रहा हूं जिनमें जीरो टैलेंट चाहिए दस ऐसी बातें बता रहा हूं जिसमें जीरो टैलेंट चाहिए दस ऐसी बातें बता रहा हूं जिसमें टैलेंट जीरो चाहिए अब आपको मुझे बताना है कि ये दस सक्सेस के लिए क्या बहुत है क्या बताऊं टेन थिंग्स रिक्वायर्ड जीरो टैलेंट टाइम पंक्चुअलिटी जीरो टैलेंट अंगूठा छाप भी टाइम पे आ सकता है एक पढ़ा लिखा भी टाइम पे आ सकता है एक डॉक्टर इंजीनियर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कंप्यूटर कंसल्टेंट एक गोल्ड मेडलिस्ट एक साइंटिस्ट एक सिंगर एक राइटर एक क्रिकेटर एक गांव का पनवाड़ी एक गांव का ग्वाला एक गांव में भैंसे चराने वाला एक दुनिया में साधारण मजदूरी करने वाला ये सब लोग जिंदगी में टाइम प्या